मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और कोटि कोटि अभिनंदन दोस्तों आज का जो मेरा ये टोटका है, है। कार्यक्रम है इसमें मैंने बताया है कि जो चीटियों को जो हम दाना डालते हैं चीटियों के दाने के जो आटा है उसको हम कैसे बनाते हैं उस सम्बन्ध में मैंने पूरा वीडियो बनाया है हिंदू धर्म के अंदर सबसे महान दान जो कहलाता है वो चीटियों को दाना डालने का ही होता है और शायद कहीं ना कहीं शास्त्रों के अंदर इसका उल्लेख किया गया कि जो भगवान सनी हैं उनकी पत्नी चीटी है आपके ऊपर कितना भी कर्ज है उस कर्ज का सबसे उत्तम ने निवारण भी है घर के अंदर जो कलश चल रहे हैं उसका भी निवारण है उसके बाद जो व्यापार के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है विशेष करके कोरोना के बाद में ज्यादा ही उतार चढ़ाव आ रहा है तो इन सभी समस्या का इसमें हल है इसमें किस प्रकार आपको ये बनाना है उसमें मैंने पूरा प्रोसीज बताया है जब ये पूरा कम्प्लीट होने के बाद जो नारियल बनता है जो नारियल जो बनता है उस नारियल को आप अपने ऑफिस के अंदर चारों दिशाओं में घुमा दो घर के अंदर जो समस्या है तो घर के अंदर भी आप घुमा दो उसके बाद में किसी ऐसी जगह उसको लेकर जाओ जहाँ जानवर कुत्ते होते उसको निकाल नहीं पाए किसी जाड़ी के अंदर आप नीचे आप उसको खड्डा कूद के उसके अंदर आप डाल सकते हैं उसके बाद मीटी से उसको दबा दो तो उसके ऊपर झाड़ी रख दो या फिर कोई बड़ा पत्ता रख दो ताकि कोई कुत्ता उसको निकाल नहीं पाए दोस्तों इसको जो बनाने का जो उत्तम समय होता है वो बारिश से पहले का होता है बारिश के अंदर जब पानी पानी हो जाता है सब जगह पर और लगभग सब जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था तो हो जाती है लेकिन एक चीटी ऐसा होता है कि उनके लिए खाने की कहीं जगह व्यवस्था नहीं होती है तो वो चीटिया उस नारियल के अंदर जाके अपना रहवास करती है और पूरी एक नगरी बसा, बसा देती है और कहा जाता है कि एक नारियल के अंदर लाखों करोड़ों चीटिया जाती है मतलब आप एक नारियल डालते हो तो आपको जो लाभ मिलता है वो आपको एक नगरी को आपने खाना खिलाया इतना आपको धर्म मिलेगा इसलिए मैं कह क्या एक धार्मिक कार्यक्रम है इतना बड़ा आपको धर्म होगा कि आपने पूरी नगरी को भोजन जिमा दिया है इसलिए ये आप नारियल इक्कीस 101, एक या एक जैसे आपकी श्रद्धा है ऐसे आप इस हिसाब से आप डाल सकते हैं लेकिन मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जैसे कोई है उनके पास व्यवस्था नहीं है या उनके पास समय नहीं है या फिर उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है क्या वो नारियल जमा जाके डाल सकते हैं तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट करो मैं आपके नारियल का आपके नाम का मैं नारियल डालूंगा बाकायदा विधि विधान से इस नारियल का मैं ड्ढे के अंदर डालूंगा और आपको फायदा भी होगा और इसका रिजल्ट आपको सात दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है विदिन सात दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है हमने लिए काले तिल लिए और जौ लिए थोड़ी बाजरी और पीसी हुई शक्कर है और ये नारियल है ये मात्र नब्बे रुपये का आइटम है और हम इस मिक्सी के थ्रू इसको हम पीसेंगे काले तेल लिए हमने ये हमने काले तेल को पीस लिया है डालती तो है फिर ये जॉब लिए भी मिक्स कर दिया हमने, दियान उसके बाद हम ये बाजी लेते हैं, उसको भी इन सबका मिक्स बना के हम इन सब का मिक्सचर बना दिया है उसके बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम ये पीसी हुई चीनी इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह इसको पीस के अंदर हमने मिक्स कर दिया है इसमें चा तो आप थोड़ा घी भी डाल सकते हो और फिर ये जो नारियल है इसको ऊपर से हम इस प्रकार थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि जो मिक्सर हमने बनाया है उसे इसके अंदर रिफिल कर सकते हैं इस प्रकार ये खुल जाएगा खोलने के बाद जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसको अच्छी तरह से इसके अंदर भर लेंगे दोस्तों ये आप अपने इच्छा अनुसार ग्यारह इक्कीस इक्यावन जैसी आपकी श्रद्धा है ऐसे आप नारियल त्याग कर सकते हैं एक बार और फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है ये सौ टोटकों के बराबर एक टोटका है एक नारियल के अंदर लाखों करोड़ों चींटी आती है और वो भोजन करती हैं। एक नारियल के अंदर आपने पूरी एक नगरी को खाना खिला दिया इतना बड़ा आपको पुण्य धर्म होता है और अब इसको वापस हमने पैक कर दिया इस तरह से पैक करने के बाद मौली से उसको हम बांध लेते हैं ताकि खुले नहीं वापस अच्छी तरह सिर्फ मॉल से हम पूरा पैक कर लेते हैं इस तरह हमने पूरा इसको पैक कर लिया है अब इसको हम ऐसी जगह जाके हम खड्डा खोद के डालेंगे जहाँ चीटी आ सकती है और सबसे अच्छा उत्तम पेड़ होता है पीपल और बिलपत्र का पेड़ सबसे उत्तम कहला जा कहला जाता है और ये पीपल का पेड़ है हम आए यहाँ डालने के लिए यहाँ कीड़े मकोड़े चीटियाँ ज़्यादा आती हैं पेड़ों के नीचे और पीपल देव के नीचे सनी और रवि के दिन सभी भगवानों का वास भी होता है इसको हम यहाँ से खोदते हैं कम से कम एक दो फीट ग्यारह खड्डा खोदना ताकि कुत्ते और जानवर इसको बाढ़ न न निकाल पाए दोस्तों पीपल का मैं वापस एक बार कह रहा हूँ पीपल देव इसलिए उत्तम कह कहला जाता है क्योंकि शनि और रवि दो दिन यहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और क्यों होता है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के भी डाला हुआ है दुनिया में आपको किसी भी पितृदोष या कोई भी कर्ज है आप पे तो इसका सबसे बड़ा इलाज है इसके अंदर डालने के बाद हम इसको पूरा इस तरह से अच्छे पैक कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम पत्थर रख लेना या फिर आप कांटे पे रख सकते हो ताकि कोई जानवर इसको बाहर ना निकल पाए इस तरह से इसको अच्छा से पैक कर लो आप